गुड इवनिंग प्यारे प्यारे छात्रों आजा जल्दी से आपका क्लास शुरू हो चुका है आपको मालूम है कि शाम के सात बज चुके हैं और शाम के सात बजे कच्छा नौ की एन गणित होती है आ, सभी बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जुड़ जाइए जल्दी जल्दी से तब तक ये लाइनें आपके लिए ही हैं माँ बाप की दौलत पर घमंड में क्या खुददारी है अरे मजा तो तब आता है जब दौलत अपनी हो और घमंड बाप करे मतलब पिताजी करें ये नहीं कि हमारे पिताजी बड़ के अबे तुम क्या हो भाई तुम कुछ बनाओ ना तो अधिकारी बन गया लोग सम्मान करें हाँ भाई फलाने के पापा है समझ रहे ना? आप लोग नाइन्थ में उम्मीद है कि बना लेंगे तब तक है ना मेहनत करिए कुछ भी असंभव नहीं है सब कुछ होगा छात्रों आप सबको पता है कि वन चल रहा है ना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फोर आज होगा थ्री तक कल आप लोगों ने पढ़ लिया था तो फोर नंबर से आज पढ़ेंगे हम लोग है ना बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं कुछ बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं अभी वो नहीं जुड़े हैं सब जुड़ जाएं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी कोई प्रकार की बातचीत नहीं होगी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है चलिए भाई पंकजी आपका कमेंट आ रहा है मोहित जी आपका भी कमेंट आ रहा है और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अभी अभी जुड़े हुए हैं उनके भी कमेंट हमें दिख रहे हैं हिमांशु जी जैसे हैं इनके भी कमेंट आ रहे हैं शशि शेखर अक्षय सिंह और अनुभव अंजना गौतम अरविंद कुमार लवली और अरविंद प्रजापति कृष्णा सिंह मधु शंकर और अभी, अभी अभी जुड़े हैं भाई इनका नाम है सानू शिवानी राय और बबली चंदन कुमार पका पवन जोया परवीन और रविशंकर सभी का बहुत बहुत वेलकम है बच्चों अब इसके आगे नाम लेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी चलिए सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं सभी बच्चे कक्षा 10 की एनसीईआरटी, सॉरी 9 की कक्षा 9 की एनसीईआरटी सी आर मैथ खोल लीजिए क्वेश्चन नंबर है फोर नंबर कल थ्री नंबर आपने पढ़ लिया था ना बाबू बोलो पढ़ लिया था ना भैया तो फोर नंबर देखो कह रहा है कि जीरो डॉट डॉट डॉट कॉपी डॉप अपान्यू के रूप में व्यक्त कीजिए क्या आप अपने उत्तर से हैं अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ में उत्तर की जांच कीजिए आइए पहले हम इसे हल करेंगे जब हल हो जाएगा तब हम देखेंगे कि हम इसके उत्तर से आश्चर्यचकित होते भी हैं या नहीं होते हैं ठीक है बेटा अमरेश वर्मा विकास सैनी उत्कर्ष देवगन सौरभ पाल सबका कमेंट आ रहा है चलो यहां दिख रहा है उम्मीद है कि यहां दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं लाइव नंबर आज है पांच ना ठीक है क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज है बेटा वन पॉइंट तीन क्वेश्चन नंबर है चार सबको दिख रहा है हा? चलो ठीक है अब देखो समझो जो दिया है सबसे पहले इसको हम कह रहा है कि पीएपान क्यों के रूप में लिखिए तो पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं 0.999 डॉट डॉट डॉट ये दिया है मतलब अनंत है इसे हम क्या करेंगे बच्चों पहले मान लेते हैं लेट्स आप लिखो माना या इंग्लिश वाले लिख लें लेट्स ठीक है x इक्वल जीरो डॉट डॉट नाइन इसे आप क्या करोगे लेट्स करोगे मान लोगे फटाफट मानो उसके बाद क्या करोगे समझो अगर इसमें एक अंक पर बार लगाए ना क्यों भाई बार लगाए कि नहीं अगर कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रही है इसका मतलब वन डिजिट पे बार लगा है। अगर वन डिजिट रिपीट होता है बेटा तो ऐसी स्थिति में हम दस से दोनों तरफ गुड़ा करते हैं मल्टीपल बाई टेन लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाई टेन हम लिखेंगे हाँ इसी क्वेश्चन नंबर फाइव मान लो लिख लो समीकरण एक में दस से गुड़ा करने पर तो समीकरण एक में 10 से गुड़ा करेंगे दोनों तरफ तो ये बन जाएगा दस यक्स और ये 9.99999 पॉइंट डॉट डॉट डॉट इक्वेशन नंबर सिकेंड अब क्या करोगे बेटा इक्वेशन नंबर सिकेंड से इक्वेशन नंबर फास्ट को सब कर लेंगे ठीक है लिखो समीकरण दो माइनस समीकरण एक समीकरण दो है दस यक्स बराबर नाइन पॉइंट नाइन नाइन नाइन डाट डाट डाट और ये है यक्स इक्वल जीरो पॉइंट नाइन नाइन नाइन नाइन डाट डाट क्लियर इनको सब ट्रैक करना बेटा दिख तो सब पूरा है ना हाँ वेद प्रकाश बिल्कुल सही बोल रहे हो तीन जैसे ही है आ, कोई बात नहीं बाबू चलो ठीक है क्वेश्चन हटा देता हूँ अब मैं क्योंकि अब जगह नहीं यहाँ पर क्वेश्चन हट जा भाई ए रुक जा यार हट गया ना चलो अब क्या करेंगे इनको घटा लेंगे बहुत ही सिंपल सा है इसमें से सब होगा नौ यक्स आएगा यहाँ पर सब होगा नाइन आएगा और ये पॉइंट का सब जीरो जीरो हो जाएगा क्योंकि बराबर जीरो जीरो ही सब है यानी नौ से नौ जाएगा जीरो आएगा नौ से नौ फाइनल में साथी मेरे अगर हम बात करें तो यहाँ पर नाइन यक्स इक्वल नाइन यक्स यानी यक्स का मन वन आएगा ना अब आप लिखेंगे देखिए ये आंसर तो सबका इतना आएगा ये हो गया फाइनल कह रहा था पी अपान क्यू के रूप में लिखिए ना तो आप लिखेंगे आता नीचे लिख लो पी अपान क्यू का रूप बराबर वन अपान वन वन अपान वन लिख दो ठीक है देखिए इतना वैसे कोई करा नहीं है ना करा जाता है लेकिन आप लिख दोगे तो अच्छा है इसमें बेटा एक चीज और पूछा था क्वेश्चन में देख लो एक बार स्क्रीन पर कह रहा था क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यित हैं देखो आश्चर्यित आप हैं या नहीं है ये सबका अलग अलग मामला है आंसर तो सबका आएगा ये ऊपर क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पर कह रहा था क्या आप अपने उत्तर से हैं? हम तो लिखेंगे हाँ हाँ, हाँ हम अपने उत्तर से आश्चर्यित हैं क्यों क्योंकि ये देखने में इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा था बार बार वाला अजीब टाइप का लेकिन इसका आंसर बनाया ठीक है सीमा यादव बात चीज नहीं कमेंट ना करिए नंबर पे कांटेक्ट करिए इंक्वायरी करिए ठीक है क्लियर अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं बिठा के अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं फाइव नंबर फाइव नंबर पे आगे बढ़िए जल्दी करिए फाइव नंबर पे आ जाओ भाई दिखाओ फाइव नंबर क्वेश्चन दिखाइए नाइन नंबर है ये चलिए फाइव नंबर देखो बच्चों ये क्या कह रहा है एक बार पढ़ो सभी ध्यान से क्या कह रहा पढ़ो एक बार सुनो क्या कह रहा पढ़ो तो एक बार देखो तो कह रहा कि है के दशमलव अंकों में प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है यानी इसका जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो कितने डिजिट तक जा सकता है ये आपको बताना है कितने लोग बता लेंगे वो एक बार भाई सभी तो चलिए मैं हल करके दिखाता हूं आओ चलो क्वेश्चन पे पढ़ते हैं देखिए साथियों पहली बात तो आप लोग तरीका सीख गए हो हुँ? एक बार कोशिश करोगे नहीं तो कोई बात नहीं मैं बता रहा हूं ठीक है बेटा हम्म समझो समझो इसको सबसे पहले हम इसका दसमलव प्रसार करके देखेंगे जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा कितने अंक हैं बोलो हा? वन अपान सेवनटीन का पहले हम दशमलव प्रसार करेंगे आओ करते हैं यहां लिखो क्वेश्चन नंबर पांच वन अपान सेवनटीन देखो इन्हें दो तीन पार्ट में करना पड़ेगा याद रखना क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा आसानी से नहीं कटेगा ठीक है क्लियर ये लोग परेशान करके रखे हैं इनको हटाओ पहले चलो आइए दस हम लोग प्रसार करते हैं देखो साथी यहां से समझो कितने अंक का है ये हमें भाग करने के बाद ही पता चलेगा सेवनटीन का भाग वन में करना है सबसे पहले कितनी बार जाएगा सोचो जीरो बार जाएगा ना भाई सत्रह का भाग वन में जाएगा नहीं तो ये हम जीरो बार ले जाएंगे ऊपर ले जाएं बगल में लिख लो जीरो बार ले जाएंगे यहाँ पे जीरो आएगा बगल में थोड़ी आएगा जीरो बार भाग ले जाओगे यहाँ जीरो आएगा घटाओगे आएगा अब वन में तो भाग फिर नहीं जाएगा वही होगा जो वो भी हुआ बार बार तो जीरो लेने जाएंगे अब हम ऊपर दस हमलो बढ़ाएंगे यहां पर जीरो उतारेंगे बोलो क्या भाग जाएगा इसमें आदित्य कैलकुलेटर से किया बबुआ अभी नहीं जाएगा ना तो एक बार ऊपर जीरो बढ़ा लेते हैं यहाँ पे जीरो और उतार लेते हैं अब सत्रह का भाग जाएगा सत्रह कितनी जाएगा पचे ना सत्रह छक्का ठीक है एक बार जब डेसीमल बढ़ा लेते हैं तो हम बार बार जीरो उतार सकते हैं उतार सकते हैं ना तो हम एक जीरो यहाँ पे उतार लेंगे अब एट बार जाएगा पहाड़ा सबको आना चाहिए बीस तक कम से कम तीस तक है ना तो सत्रह कितना होगा कितना होगा भाई आठ सतन आठ एक कम आठ है। और आठ पांच तेरह एक सौ छत्तीस ना करके देखो एक बार फट से चलो करो घटाओ इसमें से दस में से छह गया चार ये चार चार में से तीन गया एक देखो थोड़ा कहानी बड़ी हो जाएगी ये बात आपको याद रखना बेटा ठीक है क्योंकि करना पड़ेगा इसे चाहे जो भी हो जाए करना तो पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना है कि इसके दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है ये करने के बाद ही दिखेगा करो जल्दी जल्दी कैल्कुलेटर से नहीं करना है फिर से एक जीरो उतारोगे फिर से आठ बार जाएगा भैया तो फिर से एक आएगा बाबू घटाओगे फिर चार आएगा समझते जाओ अब इसमें भाग नहीं जाएगा फिर जीरो उतारेंगे फिर भी भाग नहीं जाएगा फिर नहीं जाएगा तो क्या करोगे आप बोलो करके देखो कितना जाएगा जाएगा, चौतीस हो जाएगा ना दो बार जाएगा नीचे दिख रहा है घटाने पर छे आएगा फिर जीरो उतारोगे दस हम लोग बढ़ाए तो जीरो उतरता जाएगा ऑटोमेटिक सत्रह इक्यावन तीन बार जाएगा घटाओगे नौ आएगा अब लास्ट है इसके नीचे इसको हम लगाएंगे तो यहां पे जगह नहीं है सोलह अंक आएगा ना सोलह अंक आएगा अब नौ को हम फिर से अलग भाग दे लेंगे इधर साइड में देखते जाओ सत्रह से ही देना बेटा ठीक है तो एक बार तो जीरो हम यहां मुफ्त में उतार लेंगे जीरो एक बार क्यों उतार लेंगे यहाँ ही उतार लो क्योंकि दशमलव एक बार बढ़ चुका है दोबारा दशमलव नहीं बढ़ाएंगे जीरो के लिए एक बार उतर गया अब कितनी बार जाएगा करके देखो पांच बार जाएगा फतरा पचे पचासी घटाने पर पांच आएगा फिर से एक जीरो उतार लेंगे एक बार दसमलव बढ़ गया तो जीरो उतरता जाएगा फतरा तकयावन ज्यादा हो जाएगा फतरा दूना चौंतीस घटा लो छोलह आएगा फिर से एक जीरो उतार लोगे अब भाई लंबा जाएगा ये सत्रह नविया नौ सौ तिरसठ और नौ एक कम नौ छः पंद्रह एक सौ तो तिरपन घटाउ से बनाएगा फिर जीरो उतार लोगे आप सत्रह का भाग कितना बार जाएगा क्वेश्चन हटा दीजिए स्क्रीन से क्वेश्चन गायब जाएगा ना इसमें सत्रह तीन इक्यावन सत्रह चौका अड़सठ पच्चे नहीं जाएगा चार बार जाएगा देखो कहानी आपको करनी पड़ेगी एग्जाम में भी याद रखना अगर पूछा तो नहीं तो याद किए रहना वैसे करके दिखाना पड़ेगा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन अगर किए रहोगे तो पेपर में कर ले जाओगे और तुम्हें पहाड़ा ही नहीं आता वहीं लटक जाओगे हाँ तो पहाड़ा आना चाहिए ठीक है ना भैया राजा हाँ घटाने पर दो आया जीरो उतार लिया अब एक बार जाएगा सत्रह एकम सतराह घटाने पर तीन आया ना देखो फटाफट -पत कितना आएगा करते रहो भैया करते रहो ना फिर से जीरो उतारोगे अब दो बार तो जाएगा नहीं फिर एक बार जाएगा नीचे दिख रहा है ना घटाओगे तो कितना आएगा घटा लो जो आएगा ऊपर साइड कर लेंगे ठीक है घटा के देखो सब ट्रेक करो तेरा आएगा ना अब इधर कर लेंगे अलग घटाने पर तेरा आया नीचे अब इसमें भी एक जीरो उतार लेंगे मुफ्त में क्यों क्योंकि ऊपर एक बार दस बढ़ चुका है यह हमारे कापी में इतनी जगह नहीं कि मैं नीचे तक एक लंबा करके जाऊं इतना बड़ा कॉपी आती भी नहीं है इसलिए इसका आधा आधा पार्ट हो रहा है अलग अलग यहाँ किया फिर, दर, किया फिर, अब फिर से, से भाग करो सत्रह सत्ते जाएगा, जाएगा? जाएगा एक सौ उन्नीस कि नहीं सत्रह अठे एक सौ छत्तीस फिर से ज्यादा हो जाएगा तो सत्रह सत्रह एक सौ उन्नीस सत्रह उनचास ग्यारह दस में से नौ हो गया एक ये बचा क्या दो दो में से एक गए एक फिर से जीरो उतार लो कितनी बार जाएगा अब छह बार जाएगा ना सत्रह छक्का एक सौ दो सूरज सोनकर सतेन शर्मा हाँ ठीक है बेटा कमेंट आ रहा है छह बार जाएगा फिर से घटाओगे आठ आएगा फिर से जीरो उतार लोगे कुछ लोग कह रहे होंगे कब तक ले जाओगे जब तक हमारे इतना बड़ा बड़ा बचवा ना हो जाइए दो तीन थी तब तक चलो अब देखते रहो कब तक ले जाते हैं ज़्यादा हो जाएगा में में से आठ गया दो। साथ साथ में से गया गया एक बारह फिर से करके देखो फिर एक जीरो उतार लोगे फिर एक जीरो उतार लोगे अब सत्रह सत्तर एक सौ उन्नीस होता है ना घटाने पर बनाया यानी हम जहां से चले थे वहीं पर फिर आ गए बोलो आ गए कि नहीं हमने 17 का वन में भाग करना शुरू किया था भैया लास्ट हमें फिर वन मिल गया बोलो मिल गया ना क्वेश्चन में क्या कह रहा था एक नजर देख लो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं स्क्रीन पर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो बच्चों प्यार से देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है नीचे देखो कह रहा है कि के दशमलव प्रसार में में अंकों पुनरावृत्ति खंड अंकों की संख्या क्या हो सकती है? पीछे से गिनो चार अंक यहां पर है और छे यहां पर है दस हो गया दो बारह दो चौदह दो सोलह कितने अंक होंगे सोलह अंक होंगे होंगे पांच पांच दस पांच पंद्रह कौन बेवकूफ है उत्कर्ष कह रहा है आप गलत लिखे हैं सतराह छ का एक सौ नौ आप एक सौ दो लिखे हैं बेटा पहाड़ा याद कर लो पहले राजा तुम हाँ पहले तुम पहाड़ा याद कर लो छत बयालीस छम छह दस एक सौ दो होगा एक सौ नौ नहीं होगा पहाड़ा याद कर लो पहले तुम चलो ठीक है मिठाई इसको स्क्रीन लेना है तो ले लो लो मैं मिटा रहा हूं। बेटा याद कर छक्का होता होता है 17 102 होता है बाल पक गए यही पढ़ते पढ़ते इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई गलत बात भी नहीं बोलता जितना तुम बोल रहे हो चलो अगला छठवा देखो क्वेश्चन नंबर छ देखो स्क्रीन पर पढ़ो क्वेश्चन सभी ध्यान से क्या कह रहा है कह रहा पी अपान क्यू जहा क्यू डॉट इक्वल जीरो के रूप की परमीय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका वन के अतिरिक्त तो कोई घनिष्ट गुणखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण यानी इनका जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसन है क्या आप ये अनुमान लगा सकते हो कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए बताइए ये अनुमान लगा सकते हो कि क्यू का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए कुछ लोग इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन में होंगे तो ये बताया जाए कि ना बताया जाए क्या कह रहे हो आप लोग पूजा यादव समझ में आ रहा है काजल ऋषभ समझ में आ रहा है हम देखो भैया पान क्यू के रूप का अनेक एग्जाम्पल तुम बता सकते हो वैसे भी संख्या का उदाहरण बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो ना कोई भी नंबर ले लो जो नंबर होना चाहिए कर कर लोगे ना इसको होमवर्क लेना छठवां, ठीक है छठा होमवर्क कर लेना में में आ जाओ। देखो नंबर में इनको मैं क्या कह रहा कि तीन ऐसी संख्याएं लिखी है जिनके दशमलों पर तीन ऐसी दशमलव संख्याएं बताओ जिनके डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन टर्मिनेटिंग हो बताओ बता लोगे आप लोग बोलो सतवा नंबर में अरे भैया नॉन टर्मिनेटिंग वाला तो बहुत पढ़े हो ढेर सारा ना करके देखो ना रिपीट हो ना कटे पिटे देखो आ, पहली संख्या लिख लो अंडरवूट दो होगा दूसरी संख्या अंडरवूट तीन लिख सकते हो तीसरी संख्या आप पाई लिख सकते हो ठीक है इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो अनवसानी अनावर्ती होते हैं इनके मान भी लिख लो अगर लिखना चाहो मान लिख लो इसको देखो लगभग इसका मान वन पॉइंट क्या क्या होता वन पॉइंट फोर वन फोर इसका मान क्या होता है 1.7 समथिंग होता है करके देख लेना इसका आप जानते हो 3.14 और उसके आगे क्या होता जानते हो? 1.59 और दाट दाट दाट। इनका कहीं कुछ आता पता नहीं लगता कभी जिनको वर्गमूल जिनको वर्गमूल आता भाग विधि से वो कर लेंगे ठीक है जिनको भाग विधि से वर्गमूल करना आता है वो इन सारे मानों को निकाल लेंगे क्योंकि भाग विधि से वर्गमूल में ही आ जाते हैं ठीक है बाबूआ समझ में आ रहा है सभी नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक करना ना भूलें बाबू ठीक है आपकी जिम्मेदारी है ये जरूर करना हाँ पांच भी कर सकते हो तीन ने पूछा था तीन लिख दिया चलो आठवा नंबर में आ जाओ कह रहा कि परमीय संख्याओं पांच बटा और नौ बटा के बीच तीन अलग अलग अपरमीय संख्या याद कीजिए आठवां नंबर तो बड़ा खतरनाक टाइप का है यार अपरमीय संख्या पूछ रहा है ये सोचो और बताओ कौन कौन कर लेगा ईमानदारी से बोलना कर लोगे क्यों भैया कर लोगे कि नहीं हम्म कर लोगे कि नहीं अठवा नंबर देखो इसमें क्या है बच्चों दोनों को पहले आप दशमलव रूप में बदल लो दशमलो रूप में बदलने के बाद इनके बीच की संख्याएं लिख सकते हो जैसे देखो मैं बताई देता हूं क्वेश्चन नंबर अठवा देख लो पांच बटा सात और नौ बटा ग्यारह देखो समझना पाँच बटा सात को अगर दशमलो में बदलोगे तो इतना आएगा लगभग फोर्टी टू सेवनटी लगभग आएगा ना 42 और 85 फाइव समथिंग आएगा ऐसे रिपीट होगा ये कैसे आएगा पता है भाग देके देखो ना अभी भाग देना इतना बड़ा बताया था वैसे भाग कर लो करके देखो और इसका कितना आएगा 0.81 आएगा समथिंग अगर यहां पर आप एक चीज ध्यान दो तो 0.71 और 0.81 इसके बीच में काफी स्पेस है कि नहीं भाई जीरो 0.73 74 75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80 फिर जीरो पॉइंट आएगा ना है ना इतना स्पेस हमें तो तीन पूछा है ना तीन ही पूछ रहा है ना तो आप लिख सकते हो लिखो लिखो आता है अतः अतः 5 अपान सेवन व नाइन अपान इलेवन के बीच तीन अपरमीय संख्याएं तीन अपरमी संख्याएं इस प्रकार हैं क्या बाकी वही सब लिख दो पूरा पूरा ठीक है लिख दो वही सब पूरा इकहत्तर अट्ठावन नवासी तिहत्तर बयालीस नौ जीरो लिखो फटाफट -पट लिख लो इनके बीच की संख्याएं लिख लोगे आप लोग अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है इनके बीच ये सभी आएंगे ठीक है कर लो लिखो देखो मैंने इसमें क्या किया जरा समझना ये सेवन वन है ना हे फोर टू एट फाइव था ना हमने क्या किया यहाँ फाइव कर दिया एट नाइन कर दिया मतलब कुल मिलाकर के इन्हीं के बाद की जो भी सीरियल में आती बहुत सारी संख्या लिख सकते हो कोई इसमें लिमिट नहीं है ठीक है अपरमिया में भी आप इसमें बहुत सारी लिख सकते हो कुछ कुछ डिजिट चेंज करके सेवन थ्री फोर टू नाइन एक और भी आप लिख सकते हो इसी क्रम में क्योंकि इन्हीं के बीच होनी चाहिए बस ये ध्यान रखना है ये सभी नंबर अगर आप ध्यान दो तो इसके बीच और इसी के बीच में है देखो है ना तो कोई भी आप तीन लिख सकते हो वाहिदुरहमान समझ में आ रहा है जय करण कुमार पहले अपना हाल देख लो बेटा अपना देख लो कच्छा दस का नया बैच पीवीआर स्टडी ऐप में अभी चल रहा है मंडे पे चलेगा अगर आप चाहो तो जाके ज्वाइन कर लो यूट्यूब पे अभी नहीं चलने वाला है यूट्यूब पर अगर चलेगा तो 20 अप्रैल के बाद चलेगा 20 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल तक कच्छा दस वालों का नया बैच ठीक है अभी नहीं चलने वाला है चलिए हो गया अगले बढ़े आगे जयकरन भैया पढ़ाई कर लो बेटा पढ़ाई कर लो चलो नाइन नंबर में आ जाओ नाइन में क्या कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में समझो यहाँ पढ़ो और देखो समझो क्या क्या पूछ रहा है जरा देखो समझो और बताओ निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमीय और कौन कौन अपरमीय है सोचो और बताओ कौन परमीय है और कौन अपरमीय है वेद प्रकाश छ नंबर कर लेना ना, ना? हम बात करने वालों को यहां ब्लॉक कर दिया जाता है ये मेरा गला ऐसे करने पे दर्द कर रहा है क्यों ह तो गया था, उल्टा पुलटा में लग रहा है ऐसे यहाँ बैठे बैठे ठीक है बहुत देर मत कीजिए कहा देर हो रहा है चलो पहला ला देखो नंबर का अंडर रूट ट्वेंटी थ्री ये परमीय है कि अपरमी है बोलो क्या है ये ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसलिए ये इरेशनल है क्या है ये इरेफनल है इसे हम कह सकते हैं ये अपर है बेटा सेकंड नंबर देखो अंडर टू टू फाइव तुम्हें पता है हमें भी पता है इसका वर्गमूल निकल जाएगा कितना आएगा पंद्रह आएगा ना पंद्रह आएगा ना तो ये क्या हो जाएगा इक्वल परमी हो जाएगा थर्ड पार्ट देख लो राजा स्क्रीन तुम्हें दिख रही ना दिख रही ना थर्ड पार्ट जीरो ये ना इतना दिया है क्वेश्चन नीचे दिख रहा है स्क्रीन पर देखो बेटा ये भी परमीय हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि इसमें लिमिट है इसके आगे ये नंबर नहीं जा रही है बढ़ नहीं रही इसके आगे है ना तो इसको भी कर लो आप ये भी परमीय है ये भी क्या है परमीय है परमीय है और ऐसे ऐसे सब कर लो फिर परमीय परमीय इतने तो जानबा कर दो कुछ नहीं बताना है हुँ? कर लो तीसरा में कुछ डाट डाट नहीं है फोर सेवन एट फोर सेवन एट चौथा क्या है चौथा तो अपरमी जा रहा है मुझे लग रहा है 1, 0, 1, 00, फिर बढ़ता बढ़ता जा रहा है ये चलो ठीक है सभी कर लोगे ना हम्म कोई दिक्कत नहीं किसी को तीसरा अपरमीय है कि परमीय है बताओ करके देखो फटाफट -पट। आपका ये खत्म हो गया चैप्टर ये चैप्टर खत्म हो गया अगला चैप्टर चलो खोलो ओपन करो वन 1.4, 1.3 खत्म हो गया चौथा और पचवा जो लोग परेशान है बेटा देखो इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है डैश डैश है डाट ना ये अपरमीय है पचवा भी अपरमीय है पहला पचवा और चौथा अपरमीय है दूसरा तीसरा परमीय है बस दूसरा तीसरा परमीय है ठीक है रशि कुमार कमेंट तुम्हारा जा रहा बेटा परेशान ना करो नहीं तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ ब्लॉक कर दिया जाता है ठीक है क्योंकि पढ़ाने नहीं देते ये डंडा किए रहते हैं, मेरा नाम ले लो मेरा नाम ले लो नाचो नाम लेके मेरा डांस करो तो आपका वन खत्म हो गया और में देखो बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है सबका कमेंट आ रहा बेटा सबका आ रहा भाई चौहान तुम्हारा भी आ रहा है सबका कमेंट आ रहा है नहीं तो न पढ़ाऊं तुम्हें तुम लोग का नाम लेके डांस करू यहीं तो तो तो पे वन तो पॉइंट तीन खत्म हो गया वन प्वाइंट फोर कल पढ़ाएंगे नया एक्सरसाइज उसके पहले थोड़ा सा अभ्यास कर लो आप लोग क्योंकि पढ़े हो अभ्यास कर लो इधर साइड में ये बता मुझे ये थर्टी फाइव पॉइंट सेवन नाइन ये रेफनल नंबर है कि इरेफनल है बोलो अब अभ्यास कर लो एक्सरसाइज खत्म हो गया रेफनल है कि इरेफनल है बोलो कल वन पॉइंट फोर पढ़ाएंगे नया एक्सरसाइज जयकरन ठीक है मनीष राइडर सत्यन वर्मा ठीक है बोलो बोलो बोलो रेफनल है कि रेफनल है बता ना एक क्वेश्चन और बताओ नब्बे अंश के कोण को क्या कहते हैं और तीन सौ साठ अंश के कोण को क्या कहते हैं ऋषभ राज आकांक्षा पाल पूजा यादव अभय चौहान सूरज सोनकर विशाल पाल बोलो ना क्वेश्चन नंबर डाल के बोलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा सेकेंड है ये थर्ड नंबर है क्वेश्चन नंबर फोर बोलो जीरो पॉइंट फाइव नाइन का मान क्या होगा नंबर बताओ प्रकाश देखो तक खत्म हो गया पॉइंट फोर कल पढ़ाएंगे ठीक है अब इसमें वन पॉइंट फोर हम खिचड़ी नहीं करेंगे वन पॉइंट फोर वैसे तो लेंस और कापीज इसमें औजार लगेंगे ये हमें लगता है यहां नहीं हो पाएगा उसका वीडियो बनाना पड़ेगा अलग से हम्म अभय को ब्लॉक करो भाई इसको ब्लॉक करो तुरंत तुरंत ब्लॉक करो दोबारा अनब्लॉक ना करना कभी इसे पचवा नंबर देखो ध्यान से देखो अंडरवुड हंड्रेड ये रेफनल है कि रेफनल है ये रेफनल है कि इ है बोलो ठीक है जी माइंड विक्रम सॉरी विकास पूजा यादव ठीक है पूजा सही है आपका आंसर और कोई एनीवन? एक थी अभी बात कर रहा था बड़ा ज्यादा ज्यादा कहाँ गया वो पूछ रहा था पूजा कहाँ से हो तुम बता दो ना बड़ी परेशानी है गीता इंग्लिश मानी बोलो यही तो प्रॉब्लम है गीता अमर ना कहा इंग्लिश नहीं हो हिंदी मीडियम क्लास है भैया इंग्लिश इंग्लिश वाले सब भाग जाएंगे ये अभी इनको लगेगी में बोला सही बात तो ये इंग्लिश मुझे खुद नहीं आता है और हिंदी में पढ़ाता हूँ लेकिन हाँ परमीय संख्या को रेफनल बोलते हैं ठीक है।, है तो इंग्लिश में बता रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं तीन सौ अंश के कोण को अधिक कोण बोलते हैं जिसे इंग्लिश में कम्प्लीट एंगल कहा जाता है नब्बे अंश के कोण को सम बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं राइट एंगल ठीक है ठीक है हा सही है ना चलिए फिर चलते हैं आज के लिए इतना ही आ, कल आपकी क्लास फिर से शुरू होगी शाम को सात बजे से और बेटा आया करो तो ये ना किया करो कि मेरा कमेंट आ रहा नहीं मेरा नाम नहीं बोल रहा मतलब मेरा कमेंट नहीं आ रहा है तुम हर किसी का कमेंट आ रहा है अगर मैं सिर्फ नाम बोलूँगा मान लो सौ बच्चे जुड़े हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी याद रखना तो या तो पढ़ लो या तो नाम बोलवा लो जो तुम्हारा मन करे वही कर लो चाहे तो नाम बोलवा लो चाहे पढ़ लो चल नहीं फिर बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में ठीक है नाराज नहीं होना देखो बच्चा पढ़ लो तो अच्छा है नाम वाम बोलेंगे टाइम भी